ऐसे तो सुमन एक स्कूल में टीचर रहती है परंतु उसके सपने बहुत बड़े होते हैं सुमन सोचती है कि अब मैं पढ़ाई लिखाई कर ली हूँ तो मैं आगे की जॉब करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ जिससे मेरे घर की सारी समस्या दूर हो जाए यही सोचकर सुमन एक दिन एक कंपनी में अपना रिज्यूम जमा करके वहाँ से वापस आती रहती है तभी रास्ते में एक लड़का उसे मिलता है और बोलता है ओए हेलो कहा जा रही हो तुम्हें पता नहीं है इस एरिए में जो भी लड़की आती है सबसे पहले आने के बाद मुझे बड़बड़ तो मत करो ठीक है मुझे जाने दो मुझे अपने घर जाना है समझे की नहीं ओ मैडम जी ऐसे कैसे घर चली जाएंगी अरे बिना किस दिए यहाँ से आप हिल भी नहीं सकती यहाँ मेरा राज चलता है मेरा राज तुम्हारा राज चलता होगा तो चलता होगा लेकिन मैं कुछ नहीं जानती मैं तो हमेशा इधर रास्ते से आती हूँ ऐसा तो कुछ मैंने नहीं सुना है हाँ तो नहीं सुना है अब तो सुन लीजिए आज से ही नियम लागू हुआ है लगता है तुम तो ऐसे नहीं मानोगे पुलिस में एफ तुम्हारे खिलाफ करना ही पड़ेगा हाँ तो कर दीजिए मेरे को क्या पुलिस वालों ऐसी डर लगता है अरे पुलिस वालों का मैं दमाद हूँ दमाद आज ले जाएंगे और रात भर खिलाएंगे पिलाएंगे और कल सुबह मुझे छोड़ देंगे पुलिस वाले मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकते तुम क्या जानती हो और ऐसे भी मैं बहुत ज्यादा प्यार से तुम्हें बात कर लिया अब लगता है मुझे अपना तरीका अपनाना ही पड़ेगा और इस तरह वो आदमी सुमन के साथ बदतमीजी करने लगता है सुमन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस दरिंदे से कैसे बचूं। परंतु वो दरिंदा नाकामयाब रहता है क्योंकि सुमन जो उसे चाहिए उसे दे नहीं पाती है वो गुस्से के मारे सुमन का कत्ल कर देता है और वहां से भाग जाता है तभी थोड़ी देर में वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो उस लाश को देखकर उसका तहकीक़ात करने लगती है धीरे धीरे तहकीक़ात करते करते अचानक मुजरिम तक पहुँची जाती है और उसे पकड़ के जेल में डाल देती है तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटे भी जरूर दबा दें और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें धन्यवाद दोस्तों